बिसम असल दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खरीय से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नमाज़ में कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं जी हाँ हम नमाज में यानी कि जब हमारी नमाज ख़त्म हो जाए उसके बाद जो है वो हम मेडिटेशन कर सकते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोगों का प्रॉब्लम ये चल रहा था कि उनके पास कोई भी ऐसा वक्त नहीं अवेलेबल हो रहा था कि जिसमें वो स्पेसिफिकली बैठें और लाइक अपना पूरा फोकस अपनी पूरी अटेंशन एक जगह पर लेकर आएँ और लाइक मेडिटेशन कर सके क्योंकि इर्द गिर्द के लोग भी पूछते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो ये तुम कैसे कर रहे हो ये तुम्हें मसला क्या है तुम किस वजह से ये सब कर रहे हो के तो बेस्ट थिंग इज दिस तो चीज समझ लेते हैं कि मेडिटेशन होती क्या है मेडिटेशन के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियोस बनी हुई है वो वीडियोज भी आप देख लीजिएगा वो आपको ज्यादा हेल्प कर देंगी मेडिटेशन का मतलब होता है अपनी पूरी फोकस को अपने पूरी टेंशन को पूरे ध्यान को एक जगह पर लगाना यानी कि ना तो आपने सबकॉन्शियसली पास्ट में बहुत ज्यादा सोचना लाइक like, आप अगर अवेलेबल है पास में तो वहां से निकल के कॉन्शियस में अवेलेबल हो या अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो फ्यूचर से भी निकल के अभी में आए नाउ में आए नाउ में आने का जो प्रोसेस है उसे मेडिटेशन कहा जाता है और नमाज जो है वो बेहतरीन मेडिटेशन है ये मैं अक्सर जो है ना वो ये लोगों को बता चुका हूँ अक्सर मेरा स्टेटस यही होता है कि नमाज से बेहतर जो है वो कोई मेडिटेशन नहीं है लंबा सजदा करना वैसे इस्लाम की रूह से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि इंसान को बहुत ज़्यादा फायदे जो हैं वो लंबे सजदे के होते हैं लेकिन असल में क्या है कि आपने जब मेडिटेशन करनी है तो आपने अपनी आंखें बंद करनी है लेकिन जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में पढ़ने के दौरान जो है वो आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते सजदे में जाके तो क्या करना है कि जब आप अपनी नमाज को ख़त्म कर लें जब आप अपनी नमाज को ख़त्म कर लें वहीं आप बैठे बैठे ही सजदे की हालत में चले जाएं आंखें बंद कर लें और अपना सारा फोकस वो जो आपका सजदे का पोस्चर होगा वो इस तरह का ही होगा कि आपका सारा फोकस ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएगा आपका सारा ब्लड ऑटोमेटिकली जो है वो आपके दिमाग की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और आप वहाँ जो है वो तकरीबन अगर आप एक मिनट का सजदा नमाज के बाद आपने नमाज पढ़ ली नमाज आपकी खत्म होगी नमाज के बाद आपने आंखें बंद करके सिर्फ एक मिनट का सजदा कर लेना है अगर आप एक मिनट का सजदा कर लेंगे उसका करने का तरीका यही है कि आप नमाज की हालत में हैं और आपका पूरा फोकस आपके फ्रंट पे है आपके ये जो है वो फ्रंटल साइड पे है आपके बैक साइड पे नहीं है आपके फ्रंटल साइड पर पूरा फोकस है थोड़ी उस जगह पर आपको जो है वो प्रेशर भी महसूस होगा ये सारे का सारा फोकस जब आपका फ्रंट साइड पर आएगा तो ये आपका तकरीबन एक मिनट का सजदा अगर आप पूरे दिन में लाइक फजर की नमाज़ के बाद एक मिनट करते हैं अगर आप फजर की नमाज़ के बाद एक मिनट करते हैं फिर जोहर फिर असर फिर मगरबोरिशा ये आपके एक एक मिनट करते हैं तो आपके ये पाँच मिनट हो जाते हैं फिर इसी तरह फजर जोहर, जहर अस्सर मगरबोरिशा अगर आप इसको दो मिनट करते हैं तो ये आपका दस मिनट का हो जाएगा फिर इसी तरह अगर आप फजर से लेकर तक तीन मिनट का करते हैं तो ये आपके पंद्रह मिनट हो जाएंगे रिकमेंडेड जो है वो आप पाँच मिनट भी, भी कर सकते हैं दस मिनट भी कर सकते हैं पंद्रह मिनट भी कर सकते हैं इससे आपको फ़ायदा है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मतलब मुझे अगर आप मेरी बात करें तो मैंने इसके दर्जनों फ़ायदे देखे दर्जनों फ़ायदे देखे और मैंने जिन लोगों को ये रिकमेंड किया उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसके फ़ायदे हासिल किए देखिए आपने जब सजदे की हालत में अल्लाह ताली के हजूर जो है वो पेश होना है लाइक like अपने आप को अल्लाह के हजूर जब अपने आप को रखना है तो आपने अल्लाह से जितनी भी आपकी जायज़ ख्वाहिहिशा हैं जो भी आप ख्वाहिशें अपने दिल में रखते हैं दर्द तकलीफ जो भी है आप अपने अल्लाह के आगे रखते हैं और ये वो बेस्ट पॉजिस्चर है कि जिसमें आप जो चीज़ अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह आपको देगा क्योंकि अल्लाह को बंदा सबसे ज्यादा जो है वो पसंदीदा ही तब होता है जब वो अल्लाह के आगे झुका होता है जब वह अल्लाह के आगे सजदे की हालत में होता है तो आप जब सजदा करेंगे आप देखिएगा इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएंगे नंबर वन जो इसका सबसे बड़ा जो है वो एनजाइटी को डिप्रेशन को आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है आपकी लाइक like, एज्डमा की प्रॉब्लम को ये कम करता है कैंसर सेल्स को ये ख़त्म करता है हाई ब्लड प्रेशर को सर दर्द को जिसम दर्द को और इसके अलावा नींद के मसले को हल करने में बहुत ज़्यादा जो है वो ये मेडिटेशन जो है वो आपको हेल्पआउट करेगी आपके फोकस को बेहतर करेगी आपकी मेमरी को बेहतर करेगी आपके चेहरे पे एक ग्लो लेकर आएगी आपने देखा होगा कि ये जो लोग लाइक लंबा सजदा करते हैं या जो दीनदार लोग होते हैं जो मौलवी हजरत होते हैं या जो आ, दीन की प्रैक्टिस करने वाले होते हैं दीन के प्रीचर्स जो होते हैं आप देखिएगा इनके चेहरे माशाल्लाह कितने नौ होते हैं वजह क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा सजदा करते हैं और दूसरी चीज़ ये वक्त पर उठते हैं हमारी सबसे बड़ी गलतियाँ हमारी हैबिट्स हैं जो सबसे बड़ी गलती है हमारी हमारे पास अब मैंने मैंने अक्सर लोगों को कहा यार पांच मिनट की मेडिटेशन तो आप रोजाना कर सकते हो अक्सर लोगों की कंप्लेन आई कि सर पांच मिनट भी नहीं रहे पांच मिनट एक्सरसाइज के लिए आप नहीं निका रहे अब इससे ज्यादा मैं आप, आपको और आसान क्या बताऊं पांच वक्त की नमाजें तो आपने पढ़नी पढ़नी है तो नमाज पढ़ ली नमाज खत्म कर ली अगेन बता रहा हूँ नमाज खत्म करने के बाद नमाज खत्म करने के बाद सिर्फ एक मिनट आंखें बंद करके अल्लाह तला से आपने बस यही सोचना कि मेरा कनेक्शन अल्लाह से बन रहा है अल्लाह से लो लगा लें ध्यान सर अल्लाह की तरफ डाल दें अल्लाह की तरफ अल्लाह बस मेरी जो भी दर्द तकलीफ़ें हैं परेशानियाँ हैं बस इसको शॉर्ट आउट तू नहीं करना मैं कमज़ोर बन रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है मेरा कोई इख्तियार नहीं है मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरी प्रॉब्लम मुझसे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही बस तू हिम्मत दे बस तो ताकत दे तू ही करने वाला है तू ही बनाने वाला है मुझे और जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता मैं तेरे हजूर हूँ मैं तेरे आगे हूँ मैं तेरे बस तेरे तेरे सजदे की हालत में तेरे आगे हो अल्लाह मेरे पे रहम फरमा मेरे बच्चों पे रहम फरमा इन अपने प्यारे हबीब के सदके मुझ पे रहम फरमा मेरी जिंदगी को बदल दे मेरी सारी चीजों को बदल दे देखिए आपकी जिंदगी कैसे नहीं बदलती असल में अल्लाह ताला देना चाहता है अल्लाह चाहता है कि वो हर बंदे को ज़िंदगी में सुकून रखे लेकिन उसने कोई नेचर के लाज रखे हैं कानून रखे हैं हम वो नेचर के ला वो कानून फॉलो ही नहीं करते ना हम वक्त पे सोते हैं ना हम वक्त पे उठते हैं ना हम कोई काम वक्त पे करते हैं सारा दिन बैठे हैं परेशान हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है हम भाग रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में डर ख़त्म करना है डर अच्छा होता है डर अच्छी चीज़ है लेकिन डरते रहना बुरी चीज है हम डर रहे हैं बिला वजह डर रहे हैं बगैर किसी रीजन के परेशान हो रहे हैं बगैर किसी वजह के अपने आप को परेशान कर रहे हैं अपने लिए वक्त नहीं है सेल्फ हेल्प नहीं करते अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो हम दूसरों की कैसे केयर कर सकते हैं हम दूसरों से कैसे मोहब्बत करते हैं कर सकते हैं सबसे पहले मोहब्बत इंसान को अपने आप से करनी चाहिए लाइक like, ऐसा नहीं कर सिर्फ अपने आप से अपने आप से आप मुहब्बत करें वक्त पे खाएं वक्त पर सोएं वक्त पे उठे वक्त यार जिंदगी बदलने की कोशिश तो करो अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते आपको लगता है कि मैं एक मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर सकता या एक मिनट भी हर नमाज के बाद मैं लाइक like अपने फोकस को अपनी तवज्जो को एक जगह पे नहीं ला सकता तो कोई मसला नहीं यार फाइव सेकंड से स्टार्ट कर लो टेन सेकंड से स्टार्ट कर लो एक सेकंड से स्टार्ट कर लो एक सेकंड से स्टार्ट से कर लो आप अभी एक मिनट नहीं कर रहे कोई मसला नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं यार मेरे से भी नहीं होता था मैं भी समझता हूं अपने आप को कि मैं स्टार्टिंग में नहीं कर सका लेकिन मैंने कोशिश करता रहा मेरी गलती यही थी कि मैंने कोशिश करके बीच में छोड़ देता था यार आपने कोशिश करनी है जिस दिन आप एक मिनट कर रहे हो एक मिनट नहीं हो रहा कोई मसला नहीं आज टाइम नहीं मिला एक मिनट करने का हमारे इस कैल्स भी इस तरह के होते हैं कि हम बिला वजही परेशान रहते हैं बिला वजही बिजी रहते हैं चले आज एक मिनट नहीं था टाइम एक सेकेंड तो कर सकते थे एक सेकेंड सारा टाइम नहीं मिल सका चलो जहाँ लेटे हुए हो जहाँ बैठे हुए हो जहाँ नमाज पढ़ते हो उस जगह जाके अभी एक सेकेंड का सजदा तो कर सकते हो नमाज चलो आपने नमाज पढ़ ली नमाज पढ़ने के बाद आपको टाइम नहीं मिला तो आज पूरे दिन में एक दफा तो कर लो इस पैटर्न को ब्रेक ना करो इस पैटर्न को पकड़ो यही पैटर्न आपको जिंदगी में कामयाब बनाएगा यही आपके आपकी जिंदगी बदलेगा देखिए आपकी रूटीन्स है आपने इस रूटीन को ब्रेक नहीं करना अगर आपने एक दिन ब्रेक कर लिया अगले दिन वो जो ब्रेक हुई चीज है ना वो स्ट्रोंग हो जाएगी वो दूसरे दिन आपको वो करने में कम करेगी कि नहीं आज भी नहीं करना तीसरे दिन आपने दूसरे दिन भी ना किया तीसरे दिन वो और मजबूत हो जाएगी यही वो चीज है जो आपकी हैबिट्स को ब्रेक करती है आपने उस पैटर्न को नहीं तोड़ना उस रिदम को नहीं तोड़ना अच्छा आज मैं पांच मिनट मेडिटेशन नहीं कर सका यार एक सेकंड तो कर सकता ना पांच सेकंड तो कर सकता ना चलो कुछ नहीं एक नियत तो कर लेता हूं आंखों आंखें बंद करके सोच लेता हूं कि यार मैंने कर लिया उसका एक पैटर्न नहीं बदलने देना बस ये प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कर लो अगर आप इस बात को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो फिर सो, सोचो जरा कौन जिंदगी बदलेगा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा आपकी जात है अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे तो यार फिर आपके लिए कौन करेगा फिर कौन आपके लिए उठेगा कौन आपकी आवाज़ बनेगा खुदा के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज में मेरे लिए भी अल्लाह तला से दुआ करें और तमाम इंसानों के लिए दुआ करें तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें हर बंदे के लिए दुआ करें कि जो भी दुख दर्द तकलीफ़ में है किसी तरह की ज़िनी अजियत में अल्लाह तला सबको सुकून दे अच्छी ज़िंदगी दे अच्छी हालातों में ज़िंदगी रखे अल्लाह कभी भी किसी को भी दुख दर्द तकलीफ़ का सामना ना करवाए अल्लाह तला हम सब को भी हमेशा खुश रखें हमारा मिशन एक ही है कि हमने पूरी दुनिया से डिप्रेशन और एन्ज़ाइटी को जो है वो अवेरनेस देनी है लोगों को कि मैक्मम लोग जो है वे आपको बदल सके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर सके वीडियो का अहतम यहीं करते हैं अपना बहुत ख्याल रखेगा मुझे तो हमें याद रखेगा मिलता है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल अल्लाह हाफ़